लगता है अंकल जाने से पहले पैसे देने वाले हैं अंकल का हाथ राइट जेब में है मतलब सौ रुपए देंगे मगर इनका हाथ तो लेफ्ट जेब में भी जा रहा है मतलब दो सौ रुपए देंगे नहीं सौ रुपए नहीं दो सौ रुपए नहीं सौ रुपये ऐ खुदा ये तो मम्मी के सामने पांच सौ रुपए देने वाले हैं। मम्मी मेरी तरफ देखो मम्मी जस्ट लुक एट मी अच्छा बेटा मैं चलता हूँ